हेलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आप सभी को ये तो पता होगा कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप काफ़ी अच्छा खासा ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल उम्रा डिजिटल को मैं यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज किसी वीडियो को दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि चाहे वो कोई भी अर्निंग हो या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो कोई भी ऐसा शॉर्टकट मेथड नहीं है जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे कि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं आप सुबह उठे और आपको पता चले कि आप करोड़पति बन गए ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है दोस्तों सब काम करने में मेहनत लगता है दोस्तों सबसे पहला जो अर्निंग का माध्यम है वो है फ्लेट मार्केटिंग और मार्केटिंग क्या होता है और मार्केटिंग जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट या स्नैपडल होता है जिसमें एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में आपको एक लिंक दिया होता है जिससे प्रमोट करके आप पैसे कमा सकते हैं उस प्रोमोट उस लिंक में आपको क्या करना होता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त को या किसी अनजान व्यक्ति को लिंक रेफ़र कर सकते हैं जिसमें आप उसे कह सकते हैं कि आपको अगर ये प्रोडक्ट लेना है तो आप ये प्रोडक्ट ले लो जिससे कि आपका अगर वो व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसका कमीशन परसेंट दिया होता है दो परसेंट तीन परसेंट या दस बारह परसेंट भी आपको मिल जाते हैं ज़्यादातर बुक्स में आपको दस बारह मिल जाते हैं तो इसमें भी अर्निंग होती है अच्छी खासी तो आप इससे भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं आप एक फ्लेट मार्केटर मेम्बर बन जाइए अमेजोन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील वगैरह पर जिससे आप अपलेट मार्केटिंग कर सकते हैं अपलेट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं इसकी भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा उसके बाद जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो है एक वेबसाइट है फाइबर यहाँ दोस्तों फाइबर फाइबर जिस पर जा के आप ऑनलाइन उन, टाइपिंग करके डाटा ऑपरेटिंग कर का काम करके आप उस पर पैसे कमा सकते हैं जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि आप कैसे उसपे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं तो उसे जा करके आप देख सकते हैं फाइबर एक वेबसाइट है जहां पर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे आप पार्ट टाइम वर्क करके जैसे कि आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का या लोगो डिजाइनिंग का या उसके बाद आपको वीडियो को एडिटिंग करना उसके बाद पोस्टर बनाना जैसे कि कोई आर्टिकल लिखना है कोई पोस्टर बनाना है या फिर डाटा को कंपाइल करके चार्ट के रूप में रिपोर्ट बनाना इस टाइप का कोई भी ऐसा काम जो ऑनलाइन कर पाना पॉसिबल है तो आप जा कर के फाइबर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद इसमें जा करके आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों जिससे कि आपको इनकम होगी दोस्तों आप फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाएंगे फाइबर पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर दे दिया है तो उसे जा कर आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि आप ब्लॉग लिख कर के भी पैसे कमा सकते हैं दोस्तों अगर आज की डेट में आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं मे बी कोई ब्लॉग लिख करके गूगल ब्लॉगर जो है गूगल ब्लॉग स्पॉट जो है वहां पे फ्री में ब्लॉग बनता है उसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता है बहुत ही आसान है तो अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं आप दुनिया को बताना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा के आप लिख सकते हैं वहाँ पे आप डेली अच्छे अच्छे पोस्ट कीजिए धीरे धीरे ट्रैफिक जनरेट शुरू हो जाएगा उसके बाद जैसे ही वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो गूगल एडसेंस से आप उसे लिंक कर दीजिए गूगल गूगल ऐड सेंस वहाँ पर अपना शो ऐड शो करेगा जिसके बाद गूगल आपको पैसे देगा या फिर आप एक वेबसाइट भी स्टार्ट कर सकते हैं आजकल सात सौ से आठ सौ रुपये में आप एक वेबसाइट भी आराम से बना सकते हैं अगर आपके पास ख़ुद का नॉलेज हो तो अगर आपके पास खुद का नॉलेज नहीं है अगर आप किसी से वेबसाइट बनवाने जाते हैं तो आपको दो से ढाई हज़ार रुपए लग सकते हैं दोस्तों तो वहां पे भी जाने के बाद में आप चाहे अपलेट मार्केटिंग लिंक्स हो या एडवर्टीजमेंट्स हो तो वहाँ पर जा के आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और उनसे पैसे कमा सकते हैं आप फाइबर का यूज कर सकते हैं वो भी एक अच्छा सोर्स है पैसे कमाने का तो कुल मिला ये वो सभी बातें हैं जो आपको ऑनलाइन अर्निंग के एलिजिबल बनाते हैं और आप बड़े ही आराम से इसे कर सकते हैं अगर आप टाइम देते हैं इस चीज़ में तो आप काफ़ी सारा काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इस चीज़ में इसके अलावा और भी ऑनलाइन अर्निंग के तरीके हैं जैसे वो सर्वेज हो या फिर किसी चार्ट को कंपाइल करना हो चाहे ऑनलाइन कुछ ख़रीदना या बेचना हो मैंने आपको जो भी तरीके बताए हैं उनमें हंड्रेड परसेंट अर्निंग है अगर आप मेहनत करते हैं अगर आप सवर रखते हैं तो आपको हंड्रेड परसेंट पैसा मिलेगा तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए इतना ही इतना ही चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में